जब ऊपर वाले ने इस सृष्टि की रचना की थी तो पूरी दुनिया के अंदर पृथ्वी में जो सबसे खूबसूरत जगह बनाई वो भारत थी हमारे देश को उसने सब कुछ दिया है हमारे देश में पहाड़ हैं, नदियां हैं सभी किस्म की फसलें हैं सभी किस्म के मिनरल्स हैं, सब कुछ है हमारे देश के अंदर और जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी उसने भारत में पैदा किया हमारे देश के लोग जब यूएसए जाते हैं फ्रांस जाते हैं अमरीका जाते हैं लंडन जाते हैं जितने टॉप के मल्टीनेशनल हैं आप उठा के देखो हल मल्टीनेशनल में ऊपर दो या तीन में आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा लेकिन हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है हमारे देश का सिस्टम खराब है मैं ये मानता हूं हमारे देश के लोग कितने एंटरप्राइजिंग हैं कितने एंटरप्राइजिंग है एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेनर है एक चाय बेचने वाला भी एंट्रप्रेनर है हर आदमी को धंधा करना आता है हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के बिजनेसमैन को हमारे देश के व्यापारियों को थोड़ा सा खुला छोड़ दें इस दुनिया को तो पता नहीं कब का जीत लेंगे हम